ओम मनुज्ज मारुतुल्यगम जिततेन्द्रियम बुद्धिमतांबरिष्ठम वातात्मज बानर युथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरण प्रपदे अधिपति देव हनुमान जी के इष्ट चरणों में प्रणाम करते हुए मैं ज्योतिर्विद आशीष वक्त आप सभी दर्शकों के समक्ष मंगलवार दिनांक तीन मार्च का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूं दर्शकों प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है तमाम दर्शकों के हमारे प्रश्न होते हैं कि पंडित जी ये राशिफल आपने किस आधार पर बनाया है तो आपके ज्ञानार्जन के लिए बता दें कि ये आपके चंद्र राशि पर आधारित है सिंपल है आप अपनी कुंडली में देख लीजिए चंद्रदेव जिस नंबर में बैठे हुए एक नंबर में बैठे हैं तो आपकी मेह राशि हुई दो में चंद्रदेव बैठे हुए है, तो आपकी छोड़ दीजिए और हम आप प्रयास यथासंभव प्रयास रहेगा कि आपको वास्तविक राशि से अवगत कराएं दर्शकों तीन मार्च का पंचांग क्या कहता है तो दर्शकों आज शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि रहेगी जी हाँ नौमी तिथि के बारे में क्या कहता है शास्त्र तो नवमी तिथि के दिन देखिये लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए ब्रह्मा पुराण में स्पष्ट रूप से इसकी मनाही है साथ ही साथ विक्रम संबंध दो हजार छिहत्तर शख संबत उन्नीस सौ परिधामी नामक संवत्सर चल रहा है आज मंगलवार दिन रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर इकतीस मिनट पर और सूर्यास्त होगा शाम को छह पर नक्षत्र की यदि हम बात करें तो चंद्रदेव का नक्षत्र रोहड़ी और मृग नक्षत्र रहेगा साथ ही साथ यदि हम करण की बात करें, तो तो और और बालों रहेगा, रहेगा, रहेगा वही प्रीति योग आज आज शुभ शुभ समय समय पर आ जाते हैं। तो देखिए का जो समय रहेगा, ये बारह बजकर इकतालीस मिनट से मिनट तक रहेगा साथ ही साथ दर्शकों एक जो है आपके लिए बहुत अच्छा मुहूर्त मिल रहा है प्रातः सात बजकर छह मिनट से लेकर के आठ बजकर मिनट तक की जो है आपको मिलेगा दर्शकों आज का अशुभ समय क्या है अशुभ समय राहु काल के नाम से जानते हैं तो आज का राहु काल जो रहेगा ये दोपहर तीन बजकर ग्यारह मिनट से लेकर के चार बजकर अड़तीस मिनट तक का रहेगा चंद्रदेव की यदि हम बात करें तो चंद्रदेव आज वृषभ राशि में चलायमान रहेंगे रात में ग्यारह बजकर तीन मिनट तक की चंद्रदेव की उच्च राशि और उच्च अवस्था में रहेंगे साथ ही साथ सूर्यदेव की यदि हम बात करें तो सूर्यदेव कुंभ राशि में चलायमान रहेंगे मंगलवार दिन तो उत्तर दिशा की ओर दिशा होता है कोशिश कीजिएगा प्रयास कीजिएगा कि उत्तर दिशा की ओर यात्राएं आज ना आपको करनी पड़े बचिएगा यदि करनी पड़ जाए तो पहले दक्षिण की ओर चार पक चलिएगा गुड़ का सेवन कीजिएगा तदप्श्चात आप उत्तर दिशा की ओर यात्रा करिएगा तो दर्शकों देखिए ये तो था हमारा पंचांग हम आप सभी दर्शकों के समक्ष बताना चाहते हैं कि 28 और 29 तारीख को मुंबई आगमन हो रहा है जो भी दर्शक मुंबई या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर दोनों नंबर पे और आप लोग अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर पूछ सकते हैं तो दर्शकों आज के राशिफल की ओर बढ़ते हैं और राशिफल में हमारी पहली राशि आती है ये आती अर्थात मेष राशि तो मेष राशि वालों आज देखिए आपको अपने खर्च पर संतुलन रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं आय की तुलना में खर्च अधिक हो सकता है इसके अलावा आज परिश्रम अधिक करने के बावजूद भी लाभ की स्थितियाँ कमजोर होने की संभावनाएं बन रही हैं लेकिन निराश ना होगा जी हो पूरे मन से आप लोग लगन से कार्य पूर्ण करते रहिए साथ ही साथ आज सफलता देर से ही सही लेकिन मिलेगी जरूर घर परिवार वालों के अन्य कार्यों में भी कुछ बाधाएँ आ सकती हैं यहाँ पर सितारे आपको धैर्य बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं साथ ही साथ आज के दिन वाहन चलाने में विशेष सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं शारीरिक रूप से आज आप लोग कुछ कमजोर महसूस कर सकते हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज आप लोग महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक पांच वृषभ राशि की ओर आगे बढ़ते हैं देखिए वृषभ राशि के जातकों आज पूरा दिन मेहनत के अनुपात में दोगुना लाभ आपको अवश्य मिलेगा लेकिन ध्यान रखें सहयोग दें तो सहयोग प्राप्त होगा जी हां यदि आज आप किसी की मदद करेंगे तभी आपको मदद प्राप्त होगी कहने का आशय बस इतना सा था कार्य में रोमांचक अनुभव होगा आज किसी कलात्मक कार्य में आपकी रुचि बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं इसके अलावा हर कार्य में जीवन साथी का सहयोग मिलने का भी योग है आज आपका दिन अच्छा बीतेगा शाम के समय हो सकता है कि आपकी मुलाकात आपके किसी प्रिय मित्र से हो जाए और आज का दिन धन लाभ की स्थितियों को बेहतर लेकर के आया है इसके अलावा आज के दिन शेयर में निवेश करने का भी योग बन रहा है लेकिन सोच समझकर ही मार्केट में निवेश करिएगा पहले मार्केट वैल्यू पता कर लीजिएगा तभी निवेश करिएगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज हनुमान जी को एक मीठा पान का आपको बीड़ा चढ़ाना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक सात मिथुन राशि की ओर आगे बढ़ते हैं हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि के जातकों आज भाग्य के साथ कार्य की व्यस्तता रहेगी साथ ही साथ धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी और नई तकनीकी जानकारी के प्रति रुझान बढ़ेगा इसके अलावा आज प्रातः काल से ही आपके घर और परिवार में कार्यक्षेत्र में तमाम जिम्मेदारियाँ आपको सौंपी जा सकती हैं और इनको आप पूरी तन्मयता के साथ निभाएंगे आपका यही व्यवहार आज आपको सभी के बीच लोकप्रिय भी बनाता है जो भी जिम्मेदारी आज आप लेंगे उसको जो है मतलब पीछे नहीं हटेंगे पूरे अंजाम तक की पहुंचा करके तब आप उसको जो है परिणाम देंगे साथ ही साथ आज किसी से अपेक्षा आप करना आपके दिल को दुखा सकता है तो किसी से अपेक्षा मत करिएगा साथ ही साथ आज धन प्राप्ति की अच्छी संभावना रहेगी कोई नए रोजगार का यदि आज, आज आप शुरुआत करना चाहते हैं तो दिन बेहतर रहेगा कुल मिलाकर के कहें तो 97 सेवन परसेंट भाग्य आज आपके पक्ष में है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना है कि सबसे पहले तो गाय दिख जाए तो उसको आपको गुड़ खिलाना रहेगा साथ ही साथ लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगा करके निकलिएगा आपके हर काम बनेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ग्रीन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक दो कर्क राशि की ओर बढ़ते देखिए कर्क राशि के जातकों आज प्रत्येक कार्य में भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा सावधानी पूर्वक एवं सोच विचार करके ही कार्य करिएगा सक्रिय होकर के कार्य करिएगा तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा बुद्धि विवेक से आज सफलता आपके कदम चूमेगी इसके अलावा आज आपके दिन की शुरुआत कार व्यवहार से जुड़ी समस्याओं को हल करने की उम्मीद है साथ ही साथ परिवार वालों के साथ किसी लघु दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं आज का दिन कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत लेकर के आया है यदि कोई कोर्ट कचहरी के, के मामले आपके जो है पड़े हुए हैं पेंडिंग है कोई फैसला आने वाला है तो आपके पक्ष में आएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग सुंदरकांड का पाठ करिए उसके बाद निकलिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक दो बढ़ते हम अपनी अगली राशि पर हमारी अगली राशि आती ये आती सिंह राशि सिंह राशि के जात को जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद उभर के आ सकते हैं सचेत होकर के ही कार्य करने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज जो भी निर्णय लीजिएगा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर करके ही लीजिएगा आज आपकी वाड़ी और व्यवहार वाद विवाद का, का कारण बन सकता है ऐसे में जरूरी है कि आज आप लोग जो भी काम करिएगा अच्छे से सोच विचार करके करिएगा गृह नक्षत्रों की यदि मानें तो आज का दिन कहीं निवेश करना हो या कोई नया काम शुरू करना है तो किसी Uh, क्या कहते हैं वरिष्ठ जन से या उस क्षेत्र के जानकार व्यक्ति से राय जरूर लीजिएगा इससे आप भविष्य में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज हनुमान जी महाराज को एक लाल चोला अर्पित करिए साथ ही साथ आज, आज आपको प्रयास करना है कि नमक का यथासंभव कम सेवन करिएगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक रहेगा ये रहेगा अंक पाँच कन्या राशि की ओर पढ़ते हैं कन्या राशि के जातकों आज शत्रु आपसे काँपेंगे आपसे दूर भागेंगे आज आपकी मुलाकात पुराने दोस्तों से हो सकती है किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से हो सकती है आमदनी में प्रवाह बना रहेगा सभी कार्य आपके सफलतापूर्वक और निर्विघ्न होंगे और उन कार्यों में सफलता मिलने के भी योग रहेंगे आज आप जिस भी जगह और जिस भी कार्य के लिए जाएंगे ग्रह आपके लिए हर जगह अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करते नजर आएंगे लेकिन ध्यान रखिएगा कि आज के दिन किसी को उधारी आपको नहीं देनी रहेगी आज आपके सरकारी कार्य बिना किसी विघ्न के पूरे होंगे उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे खुश होंगे उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो ओम हन हनुमते रुद्रात्म कायम फट इस मंत्र का एक बार ज्ञाप करिए मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए ओम हन हनुमते रुद्रात्म काय फट इस मंत्र का 108 बार जाप करिए निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता मिलेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक बढ़ते हैं अपनी अगली राशि हमारी अगली राशि आती है तुला जी हाँ, तुला राशि के जातक आज आपकी योग्यता और कार्य क्षमता की तारीफ होगी आपके सहकर्मी आज आपसे सीख लेंगे परिवार में रिश्तेदारों का आना जाना रहेगा ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए तमाम शुभता लेकर के आया है आज आप धन प्राप्ति के लिए जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ होने के योग हैं इसके अलावा लंबे समय से किसी कार्य को पूरा करने का प्रयास आज पूरा होता नजर आने का योग बन रहा है शिक्षा की दिशा में चले आ रहे प्रयासों में भी आपको सफलता मिलने के योग दे रहे हैं यानी कुल मिला करके आज बात करें तो दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है आज वाहन चलाते समय लेकिन आपको सावधानी रखने की सितारे यहाँ सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ आपके सभी इष्ट की प्राप्ति कराएगा सभी मनोकामना की सिद्धि दिलाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक चार वृश्चिक राशि के जातकों देखिए बीते दिनों की आज जो आपके मन में बेचैनी चली आ रही थी ये शांत होती हुई दिखाई पड़ रही है मन में आंतरिक सुख और शांति का अनुभव करेंगे अतिरिक्त आय के नए साधन नजर आएंगे जो आप जॉब कर रहे हैं तो सोर्स ऑफ इनकम आपकी आज एक से अधिक बन सकती है फिर चाहे वो शेयर मार्केट हो फिर चाहे आपने किसी को धन दिया हो वो आपको वापस मिले तो एक साथ मल्टीपल आपको इनकम के सोर्स दिखेंगे आज बिना विचार किए यू ही किसी कार्य को शुरुआत करने से भी आपको सफलता मिल सकती है लेकिन प्रयास आपको पूरे मन से करना होगा इसके अलावा आज होगी उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन कोशिश कीजिएगा की आप लोग जो है बंदरों को यदि हो सके तो छ केले आप लोग जरूर खिलाईए आपके लिए शुभ कलर रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक एक हमारी जो अगली राशि आती है याती धनु राशि धनुराशि सैजिटेरियस तो राशि के जातकों तीन मार्च का दिन कैसा रहेगा लेकिन दर्शकों आप लोग फटाफट लाइक तो करिए इतनी मेहनत से वीडियो बन रहा साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन दबाइए बगल में बना हुआ बेल आइकन जिससे हम जब भी लाइव होते हैं तो आप लोगों की समझ चाहेंगे जैसे अभी हम संडे को लाइव हुए थे तो दर्शकों नेक्स्ट संडे फिर लाइव होंगे तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं धनु राशि के जातकों, आज देखिए किसी से बात विवाद में आपको नहीं पढ़ना है दूसरों के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पूजना है आज अपने क्रोध पर और वाड़ी पर नियंत्रण रखना परम आवश्यक रहेगा इसके अलावा आज आपका मन चलायमान रहेगा ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि आज बिना सोच विचार किए कोई कार्य न करें, अन्यथा भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है इसके अलावा आज फिजूल खर्च करने का भी देखिए योग बन रहा है तो फालतू के खर्चे मत करिएगा और आज जितना जरूरी है उतना ही धन खर्च करिएगा अन्यथा अत्यधिक खर्च होने से मन परेशान हो सकता है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो श्री मंत्र का मानसिक रूप से आज आपको जाप करना रहेगा साथ ही साथ आज हनुमान जी महाराज को एक मीठे पान का बीड़ा जी हां मीठा पानी का आज आपको चाहाना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक दो हमारी अगली राशि आती है मकर राशि का कैप्लीकॉन तो मकर राशि के जातकों नवीन कार्य के सिलसिले में यात्राएं लाभदायक हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी पराक्रम एवं आत्मविश्वास में वृद्धि का योग है ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि आज प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता मिलने का योग है घर से लेकर कार्यालय तक विद्यार्थियों से लेकर व्यापारियों तक सभी को लाभ ही लाभ मिलेगा इसके अलावा सभी आज, आज आपकी सराहना करेंगे आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा साथ ही साथ किसी नए प्रेम संबंध की आज स्थापना हो सकती है उपाय के तौर पर आज आप लोगों को करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन हनुमान जी महाराज को गुड़ और चने का भोग लगाइए साथ ही साथ हनुमान अष्टक का तीन बार पाठ करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा आज ग्रे कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक सात बसते हम अपनी अगली राशि पर हमारी अगली राशि आती आती कुंभ राशि कुंभ राशि के जात को आज ग्रह चाल आपको लाभान्वित करने का मौका दे रहे हैं दिन की शुरुआत धन लाभ से होगी और चिंता मुक्त होकर के कार्य क्षेत्र में आज, आज आप लोग सक्रिय रहेंगे हो सकता है कि आज आपका दिन, पूरा दिन व्यस्तता भरा हो आलस्य से आज, आज आपको मुक्ति मिलेगी और तरोताजगी के साथ कार्य में जुटे रहेंगे अच्छा धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में भी आज आपको सफलता मिलेगी आज का पूरा दिन आपके लिए कर्म प्रधान साबित होने वाला है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोगों को हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करना रहेगा साथ ही साथ नमक अवाइड कर दे तो बेहतर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक चार कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव जी हां मीन राशि की ओर चलते हैं हमारी जो अंतिम राशि आती, आती है आती मीन राशि मीन राशि के जातकों पिछली चली आ रही उलझनों से आज आपको छुटकारा मिलेगा आलस से छोड़कर का कार्य में जुटे रहें अनावश्यक खर्चों से बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज आप जितना विश्वास भाग्य पर करेंगे उतना ही भरोसा स्वयं पर करें तो बेहतर रहेगा इस तरीके से आज आप जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे इसके अलावा अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है परिवार के साथ आज आपका दिन अच्छा बीतेगा आज का दिन देखिए यदि किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है तो आपके बेहतर में जो आपके पक्ष में ही ये रिजल्ट आ सकता है इसके अलावा बिना सोचे बिचारे आज कहीं पर इन्वेस्ट मत करिएगा अन्यथा आपका धन भी देखिए कुछ फंस सकता है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोग प्रयास करिएगा कि नमक को एवाइड करिए साथ ही साथ ब्लैक कलर को एवाइट करिएगा और हनुमान जी के मंदिर में जा के बेसन से बनी हुई कोई मिठाई का भोग आपको लगाना रहेगा हनुमान जी महाराज का शुभ कलर